सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कल मैं बगीचे में गया हाँ। मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा अब फल को देखा मेरी ने। लेकिन में। हाँ। अब तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है। हाँ। हैं? तो वहाँ पे मेरे पेड़ हाँ। अब पेड़ फल को तोड़ नहीं सकते है हाँ। तोड़ा मेरे हाथों ने हाँ। अब हाथ हाथ फल को खा नहीं सकते खाया मेरे मुँह ने और मुँह फल को रख नहीं सकता तो रखा मेरे पेड़ ने और ये सब होते हुए देखा माली ने माली को आया गुस्सा उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे जबकि पीठ गाइस का पूरे कांड से कोई लेना नहीं डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आख से क्यूँकी शुरुआत में आँख ने देखा था फल को सरकल